दोस्तों लॉकडाउन में एक चीज तो समझ में आ गई कि घर पे बीवियों को बहुत काम होता है इसलिए मैं सोचता हूं कि दो होनी चाहिए